नया साल आ रहा है तो तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि तुम बस वही पुराने वाले रह और हमेशा साथ दे